है है मेरा भाई तुम्हें कब से फोन फोन कर रही नहीं ऐसा ना किसी दिन तुम करते रहे। जो और मैं तो खत्म। गया। गया। बंदा बैठे-बैठे मर गया। नहीं यही तो है, भाई ने कितनी मेहनत की थी कैमरा बंद हो गया वरना दिखा होकते थे कोरोना की वजह से देश खत्म होने को आया लेकिन खत्म नहीं हो रही है क्रिएटिविटी बड़ी बड़ी है वहाँ पे तेरी मम्मी का बर्थडे यार समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दूं गिफ्टो मेरे पापा का नंबर दे दे। oh no! तू देव जी का बेटा है ना? और तेरे पापा का नंबर है। तुझे कैसे पता दिल्ली की कुड़िया भाई कौन थी वो बहन थी मेरी रास्ते में खुलेती करोगे इससे भी बुरा हाल होगा घर चा छत नंबर एक साथ पढ़ेंगे जाने मन है जाने है है जाने घर तेरे लिए जान भी है। सबसे पहली बात इसे बाइक मत बोलो इसको ट्रक घोषित कर दो तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले पुलिस वाले यहाँ पे ट्रिपलिंग करने को मना कर रहे हैं और ये पूरा जिला बाइक पे बैठा रखा है और आखिरी वाले की घर हालत देखो पूरी जी जान लगा के भगवान को याद कर रहा है सलाे नाई वालतक मचा रहे हैं पिछले साल एक नाई वायरल हुआ था कहते हैं कि कस्टमर्स की कुटाई करता था चला तो गलत गलत भाई ऐसे ऐसे रख लो बिल्कुल अब चला चला रहा है बेचारे को नाइन्टी डिग्री में घुमा दिया है और वो तो जिंदा लाज बनना पड़ा है भाई ऐसा कुर्सी कुर्सी हाइट तुम्हारी थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है ना चलो कोई नहीं कर दूंगा हाइट नहीं मिली तो उसी पे चढ़ गया लगा लूंगा भाई बीस रास्ते में तुझे कौन से एलियन ने काट लिया कि तू ऐसी हरकतें कर कर रहा है क्या अरे आइए बैठिए बैठिए बैठिए आप भी अरे really? लूंगा तो? मुझे नहीं लग रहा आप लगा चलिए तो? वाली थी? ये बीच रास्ते में इसे कौन सी चढ़ गई कि ऐसी हरकतें करने लगा? ध्यान से देखिए इस प्राणी को बंदर के सामने असिल हरकतें करने के बजाय से पूरी बानर सेना ढूंढ रही है इसे अब बेशरम आदमी बंदे के सामने ऐसे मुजरा करते हो तो शर्म नहीं आती आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट हाय राम, इसका पोस्टर भी स्कूल है कोई बताओ तो हो गई आये हाय सोचिए आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक एक उड़ता हुआ चमकाकर आपके ऊपर आके गिरता है पूरा दिन बर्बाद वाह क्या एक्टिंग की है बड़ी डी हो गपा पचानवे रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है और ये अंबानी का बच्चा उससे नहा रहा है ख्ञे। ख्ञे, ख्ञे, ख्ञे। मुझे लगता है ये भाई कुछ ज्यादा सस्ते न करते हैं अपने छतरी में ये सब कौन रखता है बे? और इनके उम्र में हम लोग स्कूल ना जाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढते थे और इन्हें देखो ये आशिकी कर रहे हैं तो चलिए यार वीडियो पे खत्म करते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए